नमस्कार दोस्तों मैं जयप्रकाश भारती आप सभी का गुरुजी डिजिटल सेवा में स्वागत करता हूं दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ की सर मैं ये जो बांधा हूँ इस बात का लोग बुरा ना माने क्योंकि ये थोड़ा मेरा सर दर्द करा था जिसकी वजह से बांधे थे ठीक है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कैसे किया जाता है और वोटर आईडी कार्ड को मतलब वोटर आईडी कार्ड के बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे समझेंगे कैसे क्या करता है करना है करेक्शन कैसे करना है ये चीज़ जानेंगे और समझेंगे तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने ब्राउजर पर आ जाएंगे ब्राउजर ओपन करेंगे कोई भी ब्राउजर हो चलेगा कोई दिक्कत नहीं अपना ब्राउजर ओपन करेंगे ब्राउजर ओपन करने के बाद डिजिटल सेवा लॉगिन कर लेंगे डिजिटल सेवा लॉगिन करने के बाद डिजिटल सेवा सी एस आई डाल के लॉग कर लेंगे उसके बाद सर्च बार में सर्च करेंगे जीवन जीवन सर्च करने के बाद आपके सामने ये दो ऑप्शन ये आएगा सर्विस आएगा यहाँ पे क्लिक करके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि आपका वोटर पी वी सी ऑर्डर प्लास्टिक वाला कार्ड जो होता है ऑर्डर करने का ये ऑप्शन आ गया है ये सर्विस आ गया है इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों क्लिक करने से पहले और यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ आ कि यहाँ पर क्या हो रहा है अभी के समय में कि सभी स्टेट का सभी स्टेट का सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड नहीं हो रही है सभी स्टेट में ये सर्विस काम नहीं करती है तो अगर आप पहले यहाँ पर चेक कर लेंगे उसके बाद अगर नहीं हो पाता है यहाँ से तो आप क्या करेंगे कि ये में आ जाएँगे इसका ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे ऑफिशियल पोर्टल पर आने के लिए क्या करना है ये मैं आपको ऑफिशियल पोर्टल पर मैं आ गया हूं. यहाँ पर सर्च सर्च बार में सर्च करेंगे -i .in. अगर आप ईपी से हैं तो ईपी सर्च करेंगे जो स्टेट है अपने स्टेट का नाम लिख करके सर्च कर लेंगे और आपका डॉ सर्विस आ जाएगा यहां पे तब आप यहां पर जब आएंगे तो कर्सर डाउन करेंगे कर्सन डाउन करने के लिए, करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन आता था नहीं आ रहा है अभी के समय में तो यहाँ से सॉरी हम मैं लॉग इन कर दिया इसलिए नहीं आ रहा है एन बी एस पी डॉट इन अपने स्टेट का नाम अगर यूपी से है तो यूपी सर्च कर लेंगे मैं यूपी का हूँ तो इसलिए यूपी सर्च करता हूँ जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल पे क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे जब यहाँ पर आएंगे तो ये लॉगिन एंड रजिस्टर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो हमको मेन क्या है कि डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको कि रजिस्टर करना है रजिस्टर करके लॉगिन करना है इस पर क्लिक करने के बाद हमारा आईडी पासवर्ड नहीं है इसलिए हम लॉगिन नहीं कर सकते हैं तो पहले यहाँ पर आई एफ डोंट अकाउंट पर क्लिक करके अपना आईडी पासवर्ड बनाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे मोबाइल नंबर कैप्चा फिल करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे अपना आईडी पासवर्ड बनाकर लॉग इन क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर जो आईडी आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी हो सकता है तो आप आईडी बना करके आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे लॉगिन हो जाएंगे लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर जब आएंगे तो हमको क्या करना है दोस्तों इसी वीडियो में हम सब कुछ समझे समझेंगे इसके बाद शायद मुझे लगता है कि आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है देखिए अगर ये जो ऊपर में ऑप्शन दिया हुआ है रेड कलर में लिखा हुआ है अगर आप इसी स्टेट से हैं तो यहां पर क्लिक करके आप इस पे जाएंगे अगर यहाँ नहीं है इस स्टेट से तो इस पोर्टल में आप वर्क कर सकते हैं यहां पर आने के बाद अगर नया रजिस्टर्स रजिस्टर करना चाहते हैं तो ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अगर पोर्टल प्लास्टिक कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे आधार नंबर एडजस्टिंग करना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे तो हमको क्या करना है कि डाउनलोड करना है सीधा डाउनलोड पे क्लिक करके हम ना आगे का प्रोसेस करते हैं तो डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारा लॉग आउट हो गया आपके सामने जो ये डाउनलोड का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ई नंबर मांगेगा मतलब कि वोटर आई कार्ड नंबर मांगेगा यहां पर वोटर आई कार्ड नंबर फिल करेंगे उसके बाद यहां से स्टेट सेलेक्ट करेंगे स्टेट सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि सर्च ऑप्शन पर क्लिक करके अपना वोटर आई कार्ड सर्च करेंगे चलिए मैं फटाफट फिल -फड़ करता हूं ये देखिए सर्च करने के बाद हमारा ये वोटर आई कार्ड दिखा दिया लेकिन यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आई रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर मोबाइल नंबर नहीं है तो रजिस्टर करते हैं चलते हैं यहाँ पर होम पेज पर क्लिक करेंगे होम पेज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर आने के बाद ये वाला जो एप्लीकेशन फॉर करेक्शन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद कि अगर ये किसका वोटर आईडी कार्ड है जो डाउनलोड करना है अगर सेल्फ खुद का होगा तो सेल्फ पर क्लिक करके करेंगे अगर फैमिली मेम्बर्स किसी का होगा तो फैमिली मेम्बर्स पर क्लिक करके उसका वोटर आई कार्ड नंबर फिल करेंगे वोटर आई फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला फॉर्म ओपन होकर खुल कर आ जाएगा यहाँ पर अब आप, आपको क्या करना है आके मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है तो मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के लिए हमें कि इस पे क्लिक करना होगा किस पे क्लिक करना है आखिरी करेक्शन वाले जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे अगर आप ये करना चाहते हैं प्लास्टिक कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस कर लेंगे और करेक्शन करना चाहते हैं कोई भी करेक्शन चाहते हैं तो ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस करेंगे तो चलिए मैं आधार कार्ड और मोबाइल नंबर रजिस्टर करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आई फिल करेंगे ईमेल आईडी आई फिल करने के बाद जिस चीज़ में आपको करेक्शन करना होगा वो वाला चीज़ यहाँ से आप सेलेक्ट करके ये कर सकते हैं यहाँ पर नीचे में चेक बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे सेलेक्ट करके क्लिक करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं तो मुझे क्या करना है आगे सिर्फ मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो इसलिए मोबाइल नंबर पर क्लिक करूँ चलिए मुझे मोबाइल नंबर फिल करना है और कुछ करेक्शन नहीं करना है तो देखिए ये आपका मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन जो है अनलॉक हो करके आ गया मोबाइल नंबर फिल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करके आप ये कर देंगे उसके बाद क्या करेंगे वेरीफाई कर देंगे ओटीपी टी वेरीफाई करेंगे उसके बाद यहाँ पर अपना पैलेस लिख देंगे कि कहाँ से आप ये कर रहे हैं और डेट अपने आप आ जाएगा और उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे कैप्चा एजेंटिज फिल कर देंगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है कैपचा दे करके एजेंटिज फिल करेंगे उसके बाद प्रिव्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ से प्रीव्यू कर लेंगे आप प्रीव्यू करने के बाद क्या होगा कि सारा डिटेल्स दिखा देगा उसके बाद आप सबमिट का ऑप्शन आएगा सबमिट कर देंगे डिटेल्स चेक कर लेंगे सही फिलअप किए हैं या नहीं उसके बाद सबमिट कर देंगे सबमिट करने के बाद आपका एक रेफरेंस नंबर आएगा रेफरेंस नंबर आप नोट करके रख लेंगे या प्रिंट करके रख लेंगे ताकि आप स्टेटस चेक कर सकें दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करें अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों हमारे चैनल पर इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो बहुत सारी मिलेगी आप आकर के देख सकते हैं